हेलो एंड वेलकम भाई स्वागत है आपके अपने चैनल राहुल यादव ब्लॉग्स में तो अभी मैं नहा के आ चुका हूँ लेकिन बाहर जाने का एकदम मन नहीं कर रहा है इसलिए क्योंकि बाहर बारिश हो रही है और भूख बहुत तेज़ लगी अब सोच रहा हूँ क्या कैसे जाऊँ कहाँ जाऊँ क्योंकि छाता भी इस समय नहीं है मेरे पास और छाता भी आज एक लोगों का एग्ज़ाम था तो छाता उन्होंने वो ले गए हैं तो मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ लेकिन बारिश अभी इतनी तेज़ हो रही है आई चलते देखते हैं तो चलते देखते हैं बिजली नहीं हो रही है ठंडी ठंडी बारिश है देख रहे हैं बर्तन हम लोग क्या यहाँ बर्तन रखे हैं उसके बाद देखिए बारिश हो रही है समझ नहीं आ रहा क्या करें अगर ठंडी नहीं लग रही ना ठंडी की वजह से बाहर एक बंद मन नहीं लग रहा है देखिए अपने गली बीच बार ऐसे पूरी दिखाई भी बारिश हो रही है आप लोग आप लोग देख सकते हैं देखिए पानी देख रही थे फिर भी करते हैं के लिए फिर आपको नजारा दिखाते हैं है, है, तो चलते भाग निकलिए बारिश हो रही है बहुत तेज और मैंने अपना दूध चीनी और भी एक चीज़ लिया है मठरी लिया है मैं जा रहा हूँ रूम पे रूम पे पहुँचने के बाद फिर मैं आप लोगों से बात करता हूँ तो ओके बार हम लोग आ गए हैं लाच में तो थोड़ा सा पैर और धुल लेते हैं उसके बाद फिर बात करते हैं है ना तो भाई पैर धुल लेते हैं थोड़ा सा जब आने भाई पानी है तो आइए चलती हैं अभी चलते हैं सामान लूँ अपना चलिए ऊपर है चलते हैं इस देखिए यह है मेरा रूम अभी तो अकेले इस टाइम पे हूँ इसलिए तला मारा हुआ ए -ए है चलिए चलते हैं इसको देखो ये सब है उसके बाद मैंने लिया था जो था तो आइए चलते हैं बाहर चलते हैं मैं आ चुका हूँ अपने रूम में अभी जा रहा हूँ चाय बनाने इधर गए इधर हाँ इधर देखिए अभी मैं जा रहा हूँ चाय बनाने चाय बनाने के बाद पियेंगे खाएंगे और क्या ऐसा करेंगे तो उसके बाद मिलते हैं अगले ब्लॉग में तब तक के लिए राम राम नमस्ते शबा खैर सलामैकम सब कुछ सबके लिए और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेलाइकन के घंटे को प्रेस कर दीजिए और लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में जय